नमस्कार दोस्तों आप सबका स्वागत है फैक्ट हिंड वर्ल्ड में हम में से कई लोग अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो उनके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा चाहे वो यूट्यूब हो या फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या ट्विटर सबके मन में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि हर सेकंड कितना वीडियोस अपलोड होते हैं कितने पोस्ट होते हैं ये सब डाउट क्लियर हो जाएंगे सबसे पहले बात करते हैं गूगल की गूगल में हर सेकंड सत्तर हज़ार से ज़्यादा सर्चेस होते हैं दूसरे नंबर पर आता है यूट्यूब जिसमें हर सेकंड छः सौ घंटे से ज़्यादा का वीडियो अपलोड होते हैं तीसरे नंबर पर आता है फ़ेसबुक जिसमें हर सेकेंड पचास से ज़्यादा पोस्ट होते हैं चौथे नंबर पर आता है ट्विटर जिसमें हर सेकंड 6000 से ज़्यादा ट्वीट्स होते हैं अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कुछ सजेशंस देना हो तो कमेंट कर दीजिएगा धन्यवाद